है गाइस वेलकम बैक तो कैसे हो आप लोग आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा रोमांटिक होने वाली लड़कियां कैसी होती हैं इसके लिए आपको इस वीडियो में पांच टिप्स मैं दूंगा जिसकी मदद से आप अपनी गर्लफ्रेंड को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे उनकी कदर कर पाओगे चूँकि ये वीडियो लड़कियों के बारे में है गर्लफ्रेंड्स के बारे में है इसलिए ये बॉयफ्रेंड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और साथ में लड़कियाँ इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो उनके ही बारे में है तो ये वीडियो इस तरीके से बहुत कैटेगरी के लिए हो जाता है और आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर है डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में रोमांटिक गर्ल्स के बारे में बताया गया है कुछ अच्छे पॉइंट्स को आपके सामने रखा गया है बट इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन रोमांटिक जो लड़कियाँ हैं उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है ठीक है वो भी बहुत अच्छी होती हैं और बहुत अच्छी हो सकती हैं कई मामलों में तो उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा है उन पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है तो गलत तरीके से मत समझना आगे बढ़ते हैं और आपको एक एंगल में देता चलता हूं ताकि आप इन पॉइंट्स को उसी एंगल से देखना उसी चश्मे से देखोगे तभी आप इन्हें जस्टिफाई कर पाओगे अदरवाइज़ जो है बेड़ा घर की हो जाएगा तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि ज़्यादा रोमेंटिक लड़कियाँ या उनके बारे में अच्छी बातें तो इसका मतलब एस से नहीं होता है ये मत समझ लेना कि जो लड़कियां बहुत ज़्यादा सेक्स करती हैं सेक्स ओरिएंटेड होती हैं उनके बारे में कुछ अच्छी बातें बता रहा हूँ वो भी अच्छी हो सकती हैं लेकिन उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जो लड़कियां ज़्यादा रोमांस करती हैं ज़्यादा रोमांटिक होती हैं उन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व रखती है उनकी बात तो रोमांस और सेक्स में अंतर है क्या बिल्कुल है ना आपको बताते हैं क्या अंतर है आपको अंतर समझाता हूँ एक एक करके ठीक है देखिए जब हम एस सी एक्स की बात करते हैं तो इसमें एक्ट लाइक एनिमल की तरह होता है मतलब विदाउट फीलिंग के साथ में शारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना मतलब जैसे जानवर करते हैं वैसा करना ठीक है तो ये सिर्फ ओनली होता है जब आप रोमेंस की बात करते हो तो इसमें एक्ट लाइक सोलमेट की तरह होता है जैसे एक दूसरे के लिए बने हो मेड फॉर ईच अदर तो रोमेंस का एरिया बहुत ही वाइड है इसमें जो है हंसना हंसाना खुश रखना प्रैंक करना एक दूसरे के साथ स्टैंड करना और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं और रोमांस में सेक्स जो है आटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है बट फीलिंग के साथ में होता है तो रोमांस वो होता है जो आपके वजूद के हर स्तर पर महसूस किया जाए वो रोमांस है और जब बिना फीलिंग्स के सेक्स किया जाता है तो वो सिर्फ सेक्स होता है तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं ठीक है थीके? तो हम किसकी बात कर रहे हैं इसकी नहीं इसकी ठीक है तो इस एंगल से इस वीडियो को देखना है. तो अब रेडी हो जाओ मैं आपके सामने पांच पॉइंट्स को रख रहा हूं ठीक है तो पहला पॉइंट है कि जो लड़कियां ज़्यादा रोमांटिक होती हैं वो हैप्पीनेस को बहुत लंबे समय तक बनाकर रखती हैं यानी कि जो लड़कियाँ ज़्यादा रोमांटिक हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं ऐसा पाया गया है ओके तो इस पर बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। कमाल की बात है कि इस पर बहुत सारे कपल्स पे रिसर्च की गई तो उसमें सामने आया कि जो लोग ज़्यादा रोमांस करते हैं जो लड़कियाँ जो औरतें ज़्यादा रोमांस करती हैं तो उनके माइंड में हर समय ज़्यादातर वक्त जो है डोपामाइन बना रहता है तो डोपामाइन एक प्रकार का केमिकल है ऑक्सीटोशन ये ऐसे हारमोन्स हैं जो रोमेंस के दौरान रिलीज होते हैं ये बेसिकली जब भी आप खुशी महसूस करते हो तभी यह रिलीज होता है और जब ऐसा बार बार होता है तो आप एक सजेशन देते हो सब कॉन्शियस माइंड को और वो इसका यूजटू होने लगता है और इसे बार बार फॉलो करता है मतलब इसका इंसॉल्ट में ये है कि ज़्यादा रोमांस करने वाली लड़कियाँ ज़्यादा खुश होती हैं ओके अब आपको हम बताते हैं अगले पॉइंट के बारे में अगला पॉइंट है सेकेंड है खूबसूरती की लॉन्ग टर्म वैलिडिटी होती है देखो जो लड़कियाँ ज़्यादा रोमांटिक होती हैं वो ख़ुद को ज़्यादा लंबे समय तक तो खूबसूरत बनाए रखती हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक तो खूबसूरत रहती हैं ठीक है ऐसा क्यों है मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन रोमेंटिक हैं वो रोमांटिक में कन्वर्ट कर लें आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो ठीक लगे वो करो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ अच्छी बातें बता रहा हूँ रोमांटिक लड़कियों के बारे में कुछ कमियाँ भी होती हैं कभी और डिस्कस करेंगे लेकिन दूसरी अच्छी बात है कि वो खूबसूरत बहुत लंबे समय तक रहती हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपको रोमांस करना होता है या जब होगा तो आप खुद को मेंटेन रखोगे रखना ही पड़ेगा आपको खुद के आउटफिट्स और फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है जो कि लड़कियाँ देती हैं जो रोमांटिक बहुत ज़्यादा होती हैं तो ओवरऑल जो है वो अपनी खूबसूरती को बहुत लंबे समय तक सस्टेन करती हैं तो अगर आप जो है ऐसी पार्टनर चाहते हो जो लाइफ टाइम तक खूबसूरत बन के रहे तो आप ऐसे पार्टनर के साथ में जा सकते हो चुन सकते हो ठीक है और अगर चुन लिया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है अब आपको हम बताते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में तीसरा पॉइंट है कि जो लड़कियां ज़्यादा रोमांटिक होती हैं वो कूल होती हैं और कैरिंग भी होती हैं ज़्यादातर केस में ऐसा होता है हंड्रेड की बात नहीं कर रहा मैं लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो कूल एंड कैरिंग होती हैं कैसे होता है कि जब आप खुश रहोगे जैसे याद करो मैंने कहा कि हॉर्मोन्स रिलीज होता है डोपामाइन वगैरह तो जब आप खुश रहोगे आसपास प्यार का माहौल महसूस करोगे तो आप शांत और संतुलित भी रहोगे इसका अपोजिट समझो आप जो लोग खुश नहीं रहते हैं जिनमें डोपामाइन का स्तर कम हो जाता है रिलीज होना बंद होने लगता है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा घुसैैल प्रकृति के हो जाते हैं और बहुत तनाव में रहते हैं तो इसका अपोज़िट अगर समझोगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा और ये केयरिंग भी होते हैं क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो खुशी महसूस करते हो आसपास वैसे ही माहौल बनने लगता है तो आप अपनों की कदर भी करते हो केयर भी करते हो बहुत खुश रहते हो और रखते भी हो लोगों को तो केयरिंग नेचर भी इनकी ख़ास बात होती है अब आ, हम आपको बताते हैं नंबर चार के बारे में फोर्थ नंबर है सुपर हेल्दी बेबी को ये जन्म देने में सक्षम होते हैं जन्म तो कोई भी दे सकता है हेल्दी को लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं ज़्यादा रोमांटिक लड़कियों की तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो हेल्दी बच्चे को जन्म देती हैं देखिए कुछ पिछड़े देशों में कुछ पिछड़े इलाकों में ऐसी धारणा है आ, कि जो है आ, जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है रोमांस नहीं करना चाहिए बच्चे के लिए उचित नहीं होता है जबकि फ़ॉरन कंट्रीज़ में जो है डॉक्टर्स उसकी सलाह भी देते हैं और रिसर्च में भी कपल स्टडी में भी ये सामने आ चुका है कि जो लोग प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा रोमांटिक होते हैं ज़्यादा घुल मिलकर प्यार से रहते हैं झगड़ा नहीं करते हैं इसका इम्पेक्ट बहुत गहरा पड़ता है बच्चे पे और बच्चा बहुत ही हेल्दी स्ट्रांग पैदा होता है और जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये चीज़ है कि जो ज़्यादा रोमेंटिक होते हैं डोपा की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो रोमेंस करते हैं मतलब जब शादी हो जाती है तो उस समय जो है बच्चे पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ठीक है तो ये नंबर चार जो है स्पेशली जाता है रोमांटिक लड़कियों के खाते में ओके अब आपको हम बताते हैं नंबर पाँच के बारे में नेक्स्ट लेवल इन सेक्स ठीक है जो लड़कियां ज़्यादा रोमांटिक होती हैं वो सेक्स के मामले में बहुत ही अव्वल होती हैं बहुत ही अच्छी होती हैं बहुत ही हाई लेवल की होती हैं जिसका बेनिफिट लेकिन हाँ एक बात है कि ये चीज़ जो है सिर्फ उन्हीं रिश्तों पर लागू होता है जो वन मैन या वन वुमेन ओरिएटेड हैं ठीक है ठीके? उन पर लागू होता है जो सिर्फ़ एक के साथ ही सारी चीज़ें करते हैं उनके लिए मैं इस वीडियो को डिस्कस कर रहा हूँ बना रहा हूँ तो खैर हमारा पांचवा पॉइंट है कि वो सेक्स में बहुत ही अच्छी होती हैं इसका बहुत ही बहुत अलग अलग लेवल पर फ़ायदा मिलता है जैसे कि अगर उनका अपोज़िट पार्टनर सेक्स में अच्छा नहीं है तो वो खुलकर इस टॉपिक पर बात कर पाती हैं मसले को सुलझा पाते हैं और उन्हें कभी भी निराश नहीं होते होने देते मोटिवेट करते रहते हैं और ख़ुद को ऑर्गिज़्म तक कैसे पहुँचाना है ये वो अच्छे से जानती हैं और इसके बारे में पार्टनर के साथ भी खुलकर डिस्कस करने वाली होती हैं तो जो रोमेंटिक लड़कियाँ होती हैं उनके बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं सेक्स में तो बहुत ही कमाल की होती हैं तो ये सारे पॉइंट्स थे ठीक है और एंड में जो है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस कैटेगरी में कहीं भी जो है आपकी गर्लफ्रेंड मैच कर रही हूँ तो आप इस वीडियो को लाइक करना शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम है कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल मी फोर एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्टली कॉल कर सकते हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जाके उसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना उस पर बस ये पूरा सर्च कर देना लवेंटिसिटी एट द रेट सी एम फोर वहाँ ये आई मिल जाएगी जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और कंसल्ट कर सकते हो और अगर आपने अभी तक ऑफिशियल लवेंटिसिटी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो जाके कर लेना यहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हो आपके सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिलेगा कुछ घंटों में कुछ मिनटों में भी मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें बहुत मेटेरियल यहाँ पे मिलेगा जो आपके लव लाइफ को इम्प्रूव करेगा तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गुड बाय एंड टेक केयर